दिक्कत होगी गई थी इसलिए क्योंकि मैं आज स्टेन कर वो है मोबाइल से मोबाइल स्टेन करूंगा थोड़ा सा दिक्कत आने वाला है क्योंकि मैं पहली पहली बार करूँगा समझ जाओ थोड़ा सा बस बता देना कोई दिक्कत आ रही हो तो नहीं है मैं भी 了嗎?快給我來當。<音><音><音> तो हम क्या करें हम क्या करें इंटरनेट ना, ना आपके फोन टेन एट्टी पे चला दी क्या 1080 पे चला स्ट्रीम है। अब तो अपन अपने रूम में बैठे करेंगे चेक चेक करके अब अपन मोबाइल सेटअप कर रहा तो देख लेना ऑडियो वगैरह का कुछ सू आता है तो देख लेना वैसे तो नहीं आने वैसे तो ऑडियो पर तो नहीं आती मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा है और इसका कोई कोई सप्रेसर वगैरह सेटिंग हो तो तो बता देना क्योंकि मैं पहली बार मुझे नहीं पता इसके बारे में भाई ठीक है आप बता सकते हो कैसा क्या रहता है इसका टर्नर गुड मत सब ठीक है चलो कहां गया हमारा फ्रॉम बॉन्गे वेलकम टू दूम लेडम बाई हाउ आर यू जैसा बोल अगर हाँ, all अगर आप कोई फ्रेम वगैरह ड्रॉप दिखेना तो बता देना मुझे तो कुछ दिख नहीं देना अगर फ्रेम वगैरह ड्रॉप होती है ना वो सब चीज़ बता देना क्योंकि मैं पहली बार स्टिम कर रहा हूँ इस पर इस एप से सॉरी सॉफ्टवेयर से अपन क्या कर रहे पहली फर्स्ट टाइम स्ट्रीम कर रहे तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है इस चीज़ का इसलिए बोल रहा आ जाओ अगर आपको खेलना हो कंग हमारे लेडन भाई अगर आपको खेलना हो तो आ जाना अपन खेलेंगे पता तो तो नहीं हो क्या बोलने बोलना तो नहीं है सलाट्रा उस पर करके आया मैं तो फिर भी मत दो नो ब्रोस ओके ओके ब्रो नो प्रॉब्लम आओ अपन एंजॉय करते तो आप स्ट्रीम देखो थोड़ा हमारे साथ चिट चेट करो तो हमें मज़ा आएगा हम भी आपसे थोड़ा चिट चिट कर पाएंगे बातचीत कर पाएंगे तो अकेले अकेले क्या है आ जाओ सेंड्रेस की बोल से मारेंगे अभी तो अपन चल वे आई फ्रॉम आई एम फ्रॉम इंडिया ब्रो आई मीन महाराष्ट्र फ्रॉम महाराष्ट्र क्या सब सब मान लेगा क्या भा? मैं की नहीं रह, ही नहीं रहा सबने लगा है महाराष्ट्र कैन यू क्या आप हमको तेल का सप्लाई कर सकते हो अपने देश से हमारे देश में तेल बहुत महंगा होया। हमने सुना है आपके देश में तेल सस्ता चल रहा है पेट्रोल सॉरी पेट्रोल डीजल सस्ता चल रहा है ऐसा सुनने में आया तो अगर आप भेज सकते हो तो भेज दीजिए प्लीज़ निकलो निकलो निकलो अरे भेज दो यार यहाँ कितना महंगा हो गया यार पता है यहाँ तो बांग्लादेश में आके गाड़ी चलाना पड़ेगा ओ ये कौन कौन आ गए लगाओ जे, जे इसमें लगाओ जो काले भूत में मारो जब भूत है तो कोई जिंदा ना बच पाए गोल पे तो गोल लाना कोई दिखी तो नहीं रहा कहां गए बंदे ए आती बहुत मारूंगा तुझे इतना मारूंगा रोएगा आती नीचे लड़ाई हो गई रे Thank थैंक फॉर हंड्रेड करोड़ क्या गोरीब मैं समझा नहीं यहाँ क्या बोल रहे हैं आप भाई आप गोरीबो के गरीब गो के लगा इसमें एक खींच के दे कौन था ये सालों मेरा किल चुरा अरे और कैसे कैसे लोग हैं भाई किली चुरा लेते हैं भाई बे... ये दे झापटा दूंगा ना एक बोल में तो राइट हो जाएगा हट जा कौन आ रहा है रिमांड पर आप घोष की पूछ तेरी मैं मारूं भाग गया साला चिरकूट चिरकुट भाग गया चिरकूट लगा जरा में लगा पाया इसकी साला जरा मेरे पे तो बहुत धनराश आ गई वे मुझे मैं लपेट लिया यार मेरा डिवाइस है पोको एक्स रिब्रो फ्रेम वगैरह डाउन नहीं हो रही ना वो सारी चीज़ें बताओ यार क्योंकि इसका मुझे अभी अंदाजा नहीं है यार फर्स्ट टाइम खेल रहा मैं नहीं सॉरी ऐसे लाइव कर रहा फर्स्ट टाइम वो बोल रहा ऑडियो वगैरह कुछ दिक्कत आ रही हो वो बताओ आप तो मार मार के भूत बना दूंगा चटनी बना दूंगा तुम्हारी नहीं एक रास्ता मैं निकाल फेंकूँगा तो हाँ सुन रहे गया जे तो, तो कोई आना मत बे भा गया तेरी ऐसी करूं लोग जा निकाल। आला लो बच गया एलगाडो सपोर्ट करता नहीं ये एलगाडो सपोर्ट नहीं करता यार मैंने तो वन प्लस और आईफोन वाले करते हैं ये जरा मेरे मेरे को सपोर्ट दो ना गोल करना है कोई सपोर्ट भी नहीं दे रहा भाई गोल करना हो तो सबसे पहले जाला यहाँ हिल करने आओ मैंने भी बहुत सर्च की थी यार इसके ऊपर रिसर्च की थी ये सपोर्ट कर जाए हाँ करता है ना वर्चुअली वर्चुल करता है एलगाडो नहीं करता साला जमा करा और बेबी किधर सांड की आठ तुझे बताऊ मैं मोटे बोंदे और बोंदा ले गया यार मैं मर रहा हूँ हर बार ये बोंदा साले ये बंदे क्या कर रहे हैं यार ऊपर नीचे हमें से कुछ कर... सबके सब मर जाते हैं यार हर बार रोटम दे देते हैं यार उन्हें पता नहीं क्या चल क्या रहा है यार एक भी बार इन लोगों ने रोटम नहीं लिया पता है गया। वो गया। रोटम साला रोटम ले गया यार वो अबे मारो बे से। वो रोटम साला वो, वो एक पीछे आ गया उसमें लपेट साले मार दो आज तो कोई बच के ना जा पाए घेर घेर के मारो नीचे गोल हो गया अब अबे ये डबल टीम यार गए यार हम तो यहाँ रेंग कु पुश करने में भी क्या गर, अगर आप खेलते हो तो आ जाओ यार गौतम भाई अब कोई तो आ जाओ यहाँ तगड़े प्लेयर चाहिए यार मुझे तो ये चाहिए कोई मिले ना मिले इसकी आप ये ले कर ही रहूँगा मैं जेबडोस डोज आ गए आ जाओ भाई सब जेबडोस लेने आ जाओ भाई सेंटर में जेबडोस लेने आ जाओ भाई मैं मार दूंगा उसे नहीं तो अरे वो गया यार कुत्तों की लास्ट साले जेबडोस डोस ले वो क्या हो गया गाई? आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं कैसे किस चीज से ब्रो अरे यार दिमाग खराब हो गया यार, यार दो दो ढाई ढाई सौ के गोल करे यार उन लोगों ने यार काका गेबाप सला उन पर तो इतनी पावर है यार अपन तो मार लो जो मार पा रहे वो होगा उनने सौ सौ के गोल करे हमारी टीम कैसी है यार अकेले अकेले खेलना पसंद करते हैं ये लोग ऐसा नहीं है कि साले वो टीम में खेल रहे हूँ अकेले अकेले खेल रहे हैं सब ये नहीं दो ऊपर जाएं दो नीचे जाएं सरेंडर कर दो चुप से अब तो आप कुछ नहीं बचा जिंदगी खत्म हो गई हर गए सरेंडर यह नहीं दो दो के टीम में खेला करें। मैं पबजी के अब गौतम भाई मैं भी रात को आता हूं रात को 9 बजे से खेलता हूँ मैं बी जे भाई अगर आपको खेलना हो तो आप आ सकते हैं मैं रात को 9 बजे आता हूँ बीजे माई खेलने अभी तो मैं सोच रहा था कि यही खेल लूँ फिर माइनस हो गई हाँ एक्सपर्ट की गिरवाते जा रहा है मैं सोच रहा हूँ मास्टर रैंक लग जाएगी पर ये लोग मुझे नहीं लगता लगने भी देंगे कोई है कि भी नहीं आ जाओ कोई तो आ जाओ यहाँ खेलने अल्ट्रा रेंज पे पहुंच गया वो तो एक्सपर्ट ही गिरवा दी मेरी यहाँ नहीं तो मारते अपन बहुत मारूंगा मैं गौतम भाई आप ये बताओ अपने ये फ्रेम वगैरह डाउन तो नहीं चल रहे ना बस ये जानना है मुझे नहीं तो ये फ्रेम डाउन चल रही हो ऐसा वैसा सब कुछ सही चल रहा है ना हाँ ठीक है भाई आ या जाना यार वैसे भी अपन अकेले अकेले ही खेलता रहता हूँ ऐसे ही मारूंगा ऐसे ही सबके एक्सप्लेसन जैसे आईडी मारोगे ना आपको मिल जाएगी आईडी मिल जाएगी आई आईडी मिल जाएगी आपको मेरी पी जी एम आई आई अपन खेल पाएंगे मजेदार देखो ये आ गई मेरी पी जी एम आई आई डी कैन प्लेट टूगेदर इट नाइट ठीक है क्या हुआ गौतम भाई नो मतलब कौन सा पबजी खेलते हो कोरियन के कौन सा खेलते कौन सा हो तो ये आइडिया आपकी हाँ मेरी आइडिया है ना ये वैसे तो मैं ग्यारह नौ पर अपन वो खेलेंगे न्यू स्टेट खेला करेंगे ये तो अभी इसके लिए है न्यू स्टेट हजार न्यू स्टेट में बाजी बजाएंगे सब लोग की तो इसमें मास्टर का दस बिट कौन से ये कौन है भाई ये दस दस बिट ट्रेड क्या करवा रहा है ये क्या बेच कहा रहा है ये <laughs> बिटकोइन बेच रहा है भाई ये कौन है ये बिटकॉइन बेचने वाला प... इसमें दूंगा लपेटा चीर दूंगा फाड़ दूंगा इतने पीस पीस करूंगा ना ऊपर चलो बे ऊपर चलो यार और उनका गोल हो गया यहाँ पहले मैं लेवल चार कर लू फिर जा रहा हूं किसने जलाया वे तेरे को छोटे बच्चे बेबी को कौन जला रहा है किसकी अंगार जल रहा है किसकी मैं बताऊंगे रुक जा रुक जा रुक जा अरे आज ही हिल कर कर के कहा से आ रहा रहे भाई अबे यहाँ मैंने मार दिया था ये क्या कर रहा है ये छोटा सा मेंढ का साला लगा है तो माँ खराब कर रखा है इन लोगों ने कोई सपोर्ट नहीं देता मैं मैं मतलब उसे मार रहा हूँ उसके पास जाके उसे सपोर्ट दे रहा हूँ वो आते ही नहीं है जाती है हद कहाँ गया ये कहाँ गायब हो गया वो ये वो भाई बागो भाई अरे हट जाओ तू बचाता मचाता है नहीं मारने लगा बंदे पल कहाँ और कहाँ और कहाँ और किधर है भाई आ और के द नहीं जाना भ यार, यार ये भी कैसा है यार इससे मना कर रहा हूँ उधर नहीं जाना पर भी उधर मराने जा रहा हेलो हेलो आवाज आ रही ना हेलो हेलो आ गई आ गई वी आर स्ट्रगल अब ये क्या हुआ है यार इंटरनेट सही तो चल पर भी के है आप क्या क्यों क्या मैं क्या रिकनेक्ट करना करो नहीं तो करना क्या कर रहा है यार हाँ भाई बोलो आई नीड हेल्प हाँ बोलो ब्रो आई कैन हाउ कैन आई हेल्प यू कैसे हम आपके हेलो अब देख लेते हैं है। अब यार ये चल ही नहीं रहा यार दिमाग खराब हो गया अब चला जाके अबे यार दिमाग खराब हो गया अरे यार बीच में लाइट चली गई थी ना तो अपना वाईफाई बंद हो जाता है यार जैसे ही अपनी लाइट जाएगी वैसे ही वाईफाई बंद हो जाता है। अपना वाईफाई बंद हुआ अपना कांड हुआ बस यही नहीं, ते नहीं ये मैच जीतेंगे हार गए भाई इंटरनेट की बीटी यार वो जाला कितने लेवल का है यार तो लेवल ही नहीं है ये गेम लीव कैसे करते हैं यार गुस्सा ज्यादा कर रखा है ऐसा नहीं है अब मेरा इंटरनेट चला गया है हम मेरा खेलने का मन नहीं कर रहा जय सरेंडर नहीं कर कर रहा ब्रो फ्रेंड कर दिया हाँ गौतम भाई मैं एक्सेप्ट कर लूंगा यार इंटरनेट का बीटी हो गया था यार दिमाग खराब हो गया इंटरनेट ने बीटी करवा रखा था, था यार मोहम्मद लोग रखे अरे बताऊ में आ जाओ तुम्हें तो बताऊँ मैं कौन कौन आ रहा है गोल करने एक मैं सुझा दूंगा मैं अरे आ गए हार गए यार हम मैं फिर हो गया यार फिर से हार गए बहुत दुख हो रहा है मैं सोच रहा था अच्छा कहा था जुगाड़ हो जाएगा जुगाड़ पानी हो जाएगा इंटरनेट चला जाता है तो गेम की वाट लग जाती है मन ही नहीं करता पर अगर बीच गेम में ऐसा कांड हो जाता है नाइन आई नीड हेल्प हाँ भाई बोलो ना क्या हेल्प चाहिए आपको बताओ तो सही आप हेल्प रेजोल्यूशन नहीं तो नहीं है बस वो तो सब हेल्प बताओ आपको क्या हेल्प चाहिए हाउ कैन आई हेल्प यू वो तो पता था ना मैं लूज हो गया चलो यारा कैन आई हेल्प अरे यार इंटरनेट बीटी मत करा अरे कर यार साला गिराते जा रहा है यार मेरी माइनस माइनस होते जा रही इतनी मेहनत से कह लो मतलब माइनस हेलो नोन भाई आउ आर यू वेलकम टू स्टेम वेलकम वेलकम मास्टर कार्ड अब कल का मास्टर कार्ड भाई किस चीज का मास्टर कार्ड चाहिए आपको आगा आप नहीं अब से होता है वो क्या बोलने लगा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या की ये फ्रिक के, मुझे नहीं पता मैं तो गेम जो इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंटरनेशनल अबे मैं से से लाऊं कार्ड कार्ड भाई हम लेके आएं को बताओ तो सही चरा चरा सा हमको आने लगे चरा चरा पोकेमोन यूनाइट रोड टू अब इनसे पूछ लो और भी लोग हैं उन पे हुआ कर मास्टर कार्ड मेरे पे तो नहीं है पर तो चेरी जाड़ है। चेरी जाड़ से मारेंगे हमारा उससे क्या होगा वन थाउजेंड डॉलर अरे तो मास्टर कार्ड कार्डेंड डॉलर में क्या वो है मतलब मैं समझ नहीं पाता आपकी फीलिंग समझ नहीं पा रहा है इनकम फॉर यू हाउ मेरे लिए इनकम कहाँ से आएगी है कैसे हो जाएगा मुझे समझ एक लाइन में बोलो ना भाई ऐसे अलग अलग बोलोगे समझ में धुर किसी को भी अगर तुम एक बार में पूरी चीज़ बोलोगे तो वो टेंशन इंसान पढ़ के एक बार में अंडरस्टैंड भी कर लेगा अब तुम देखो कई बोलते हो मास्टर कार्ड कई बोलते हो वन थाउजेंड बोला कही बोलते हो इनकम फॉर यू हाँ तो मास्टर कार्ड होगा तो हमें इनकम मिल जाएगी ऐसा बोला रहे हैं आप जरूर मैं मारूँगा इसकी अरे यारे इसमें नेट बम उर्मिला करें यार और दोस्त से हल ने जो भी ऐसे चुराए ना अपना निकल पूछ इसकी अल हमारे ही चुरा लेते हैं यार मत पापा ने इतनी मेहनत करके मारो और वो ऐसे चुल्लू चुल्लु भरमा खेल खत्म कर देते हैं ये जरूर बहुत चुराता है यार ऐसे में पता नहीं क्या मजा आता है मींस वो सामने वाला बंदा भी लेवलअप कर रहा होता है उसे वो नहीं क्या ही करेंगे साला। आप मरा ले मरा भाई ये क्या था? बे ये मोटा मोटा ये कौन आया बे? वो भाग लो भाई हाँ मेरा चुराया था तूने, उसने गोल डाल दिया वो चिड़िया ने माना बे? मार मार है नहीं रह चिड़िया मार परेशान करने उसने आग लगा दी मेरे में बेटा भाग गया ना तू रुक जा इसमें व्यस्तूंगा तो मैं अब आ जा तू फायर पंच दूंगा मैं तो ओ भगलो ये चिड़िया आ गई अरे यार बचाते भी नहीं है आइये कैसे है डार्क साइट नहीं मुझे पता नहीं है हमें डार्क साइड रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे अल्ट टीम ही घटिया मिल रही है अब इसमें मैं कहा से डी जी एम आई में इसको नहीं है इसमें से वो पेल देंगे भाई पहचा लो भाई इसके यहाँ दो दो चार लोग आके मारते हैं यार बचाते नहीं हैं मन तो करता है नहीं मारू आ गया मेरे में दे गया बुध दे गया और वो कितना सा डोर टेस्ट भी बचाता है बचाओ ना मुझे यार दोस्ट भी बचा था वो उसे नहीं मानने दिया मेरे ही सारे किल ले जा रहा है असिस्ट अशिस्ट बढ़ते जा रहा है अब तो गोल कर ले दो जरा है ओ मैंने चैन की ये क्या है जादूगर चमत्कार बना रहा है बोल बना रहा है एक के बाद एक रुक जा गया भाग लो आ गए दो दो तीन तीन शिकारी आ गए साल ले गए जरूर चुर, किल चुराने के अलावा कुछ काम तो रिया था मुझे पता है ना वो किल चुराएगा भाई खुद मारता कम है किल चुराने का ज़्यादा आता गंदा पानी चुराने का है बेचारे मार ही नहीं पाता आजा तू भी आजा आ तू तू बना चमत्कार देखा चिड़िया चिड़िया बड़ी आई आज चिड़िया आजा डायनासोर की तू चिड़िया में लगाओ कन्फर्टी में एक खत्म चिड़िया चिड़िया निकल लगा मीडियम पिटाई चलनी चाहिए गैस अभी तक जिस जिसने लाइक नहीं किया आप लाइक कर सकते हो आज तो मास्टर रैंक लगा के रहूंगा साला ये लेगा मतलब मैं तो डेमेज दे रहा हूँ लेके वो जा रहा है ख़त्म तो देना पड़ी साला इनमें। युनाइट युनाइट के काम ही नहीं हो रहा था जरो किल चोरी करने के अलावा कुछ काम धंधा है क्या भी नहीं है इसे और ले गया यार लपेटे में आ गया मैं गलत है यार उनके चलो जीत गए वैसे तो अपन अब रुक जाओ एक मिनट अपन देख रहे हैं ना है मैं रुको अभी एक मिनट उग जाओ गाइस, बा, अब बताओ कहाँ पे क्या हो रहा है आओ बेटे आओ तुम्हें बताऊँ मैं हाँ बेटे कल लो गोल जो जितना करना है पूरे बॉब कसम अबे मेरा बराबरी का बंदा है वो मारोगे उसे मैं आ, साला बराबरी बराबरी वाले लड़ाई कर गए गए आज आगे आ आगे उनके कांड हो हो एक दो में लाल हो जाते हैं बंदे लाल अरे पीले उग्गी निकाल जाते मुँह देते हैं सब के सब ये लेटे ले, ले, ले, ले, ले, ले, ले, ले, ले जरूर लेके जाएगा कर लिया केल चोरी करने में तो मान होते हैं ये साले मैं सामने वाला इतनी देर मेहनत करे अपन जाओ और दो पटका में निकाल लाओ आ जाओ आजा जाओ सेंटर चलो सेंटर सेंटर चलो सब हील फुल कर करके बगलो रे और आप की दो मैं ले गया मुझे लेट हुआ भैया अब बचाओ गई बच गया मैं सला मारी देता मुझे तो यार वो यूनाइट चला के आते हैं अपन अब चलेगी यूनाइट आइट की पूछ तेरी आँख लगाए यहाँ बच्चा मे क्या रहेगा एक झापटे का नहीं है नही है मैं पे कूंगा राइट से नीचे अबे मुझे ये मार दिया यार उसने मुझे ये ले वो तो जीत गए वैसे तो अपन ये मैं जीत गा बस बस अपन खुशी है आप हमारे साथ काम करें ऐसा भी कोई काम धंधा होता है क्या जीत गए हम तो भाई हम पे तो यही नहीं है हम कहाँ से करते हैं गोल हम पाँच कैसे भागेंगे कर दो इन पे फिफ्टी पचास पचास है भाई कर दो जल्दी जल्दी जाके और सोखा खराब है उसमें डायरेक्ट इक्कीस सेकेंड है पहुँच जाऊँ तो भला हो जाए अरे हार गया टाइम ही खत्म हो गया था यार चलो ये तो जीत गए अपन अपन ने गोल कम करे कोई नहीं गेम मजा आया अपन खेल में एक्सपर्ट लेवल बंद हो गई चलो ना वो इतनी देर में एक मैच तो जीते यार नहीं तो मैच ही नहीं जीत पा रहा था आ जाओ गैस कि जब खेलना हो तो बताओ सेट में आज तो यूनाइट के साथ खेल लो। ये वो क्या रहा है भाई जल्दी रेडी करो आ गेम खेलना मारेंगे आज तो मास्टर रेंक लगा के और मुझे क्या अरे चलो सीटरेस तो मिला मिला ना वो मस्ती थीन मिलना चाहिए गेम होता है बाइज अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी जो मैंने अपलोड किए तो आप जाके देख सकते हो ठीक है ये रही उसकी लिंक ये मैंने डाल दी चैट में ये अभी न्यू न्यू वीडियो है आपने अगर इसे नहीं देखा तो ग्रीन एंड अपनी गलेरी है उसके ऊपर बनी है वो तो आप जाके देख सकते हो कैन एंजॉय देम ठीक है और बताओ क्या क्या देख कमी थी पहला ना डे गाना जो कुछ भी था एक अबे कौन से टैग चाहिए तो टैग ही टैग तो रखें आपको टैग चाहिए पता नहीं कौन से टैग चाहिए चलो जस्ट आपके अरे ब्रो आई कैंट हेल्प यू रिगार्डिंग लाइक दिस डार्क डार्क सीरीज लाइक डार्क वे इन सब रिगार्डिंग मुझे क्या इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अपन तो कर ले अपन कर लेते फिर अपन जरूर करते डू डू डू डू डू अरे आजा भाई सेंड्रेस ज़्यादा चलो जरा पीटते हैं बंदूक की पिटाई लगाते हैं ये किसी ने डोगी से तो हाथ नहीं लगाया ना भाई ये डोगी मेरा है ये डोगी मेरा है मैं मारूंगा इस डोगी की ओर इधर डोगी यार इससे लेवल तकड़ी अब होती है इस डोगी से गई आपको नहीं पता ना आप कर सकते बड़ा मजा आ जाता है इसे लेवलअप करने में इससे लेवलअप करके देखो लेवल आ जा तुझे जलाऊंगा मैं ना अब ये ज़रूर आगे देखो काम मार कहने गया का है ये नहीं अभी पहले बंदो बंद मारे उसके बाद ले गया गया गया चलो मार, लपेट लिया मैं खा लू जा रहा था आ रहा बैठ आ रहा बेबी आ रहा मैं तेरे को कौन परेशान कर रहा बेबी आ बेबी आ बेबी तेरे को मैं छुट्टी कराऊँ बेबी आ जा बेबी आ जा तुझे लाइन पे ले जाऊँस किया आपका व्हाट्सएप नहीं है अब मैं जब व्हाट्सएप बांटता पूँ क्या अरे साला भाग गया ये इससे मार लेते हैं तब तक पांच हो हो पांच बोल मिल जाय तगड़ी वाली आ हा मिल गई मजा आ गया आप देखो न रहेगा बंदा न बजेगी बसुरी लगे आती साले छोटे बूंदे आती रोक भी आ गया वो। हाँ साला भैया से लड़ने आ गया उसे पता है भैया मारेगा बहुत मारता है भैया तब भी भैया से लड़ने आया भैया से लड़ाई करने आ गया यार बस समझ में नहीं आता क्या ना कि भैया बड़े हो गए अभी भैया आप उम्र में अपन से बड़े हैं पावर में बड़े हैं मारेंगे भैया तुम्हें हाँ ड्रैगन आ तुझे बताऊ रोक जा तू रोक जलाऊं रोक आ बाहर निकल तू बाहर निकल तू घर में से बाहर निकल निकल तू घर से बाहर तो निकल एक बार ऐसा मारूंगा ना मैं तुझे दुनिया रोती रह जाएगी तेरे मारे हाँ यार कहाँ है बोलमोला ऊपर चलो चलोगाई ऊपर जरा चलो सीट ले रहा हो सीट दिला देता हूँ लो आपको सीट मिल गई चलो ऊपर चलो सबके साथ टॉप पे चलो टॉप अरे यही है यही है टॉप पे चलो चलोगे उनके चलो नहीं तो अपन पहले नीच लगा लगा इसमें लगा लगा लगा लगा गोल कर दो गोल जरूर आ गया जरोमें लगाओ जरोरा में अभी लगाओ ओ लो गई और बच गया गया बिल्कुल टेस्ट भी पे करके आ गया। मारता नहीं तो और आ बेटा जरूर अब आ तू मार तुरा रिमांड कें जा, पकड़ो पकड़ो इसे पकड़ो इसकी भागरा था साल भाग गया भाग गया अबे यहाँ फालतू चल गई यार यूनाइट मूव चल गई उसपे यार बे फालतू चली गई साल यूनाइट मूव चली गई यार अरे वो गलत चली गई वो कुछ मतलब की नहीं थी मैं क्या चलो ये सही है जीत जीत ना, ना अपन तो, जीतने मतलब है अपन पे लड़ाई चल रही चल रही लड़ाई, बॉटम पे आओ जरा डिमांड लेके आंदूक बंदूक कहाँ है बंदे क्या कांड कर रहे हैं आप वो चेरीझाट भाग रहा है साला, इसमें तो धूंगम मैं, दे दिया बे उसने दे दिया औरे, औरे, मिल गए उन्हें साला ये से आ गया उन्हें बीच में आ आ गया गया बढ़िया गेम चल रहा तो वो बीच में आ गया। बीच में में जो मस्तानी आता है ना उसको गुस्सा आती है मुझे जैसे ले लो जल्दी से जल्दी जल्दी ले लो इसे इससे मजा आएगा जरा आ भाई आ जाओ बे कौन कौन है नीचे कौन कौन या लड़ाई झगड़ा कर रहा है आओ तुम्हारे आ बैठ कहाँ जाओ रुक निकाल पहली फुर्सत में निकल सेकंड फुर्सत नहीं है मैं आ, भी आ जा आ जा, आ जा कोई नहीं बचेगा आज मास्टर रैंक लगते ही रहेगी वो बीच में युद्ध हो गया युद्ध हो गया भैंक का युद्ध हो गया आ गए गा। जेबडोज आ गए जेबडोज हाँ। लेने दो लेने दो। चल निकल निकल पहली फुर्स में निकल आप कोई नहीं बचेगा आप तो बस हम ही हम बचेगा का गोल अरे यार गया था यार मैं बोर हम तो इस बार गब दिया अपन मजा आ गया भाई छे के लिए अपने और उसके साथ अच्छे कहा गोल किया मजा आ रहा जीते एक नंबर गेम जीते अब तो वो हरा ही नहीं सकते उन पर दो ही दो जा रहा। अब अम्मी है ब्रह्म हम ही है हम मारेंगे सबकी भक्ति पटक पटक के धोएंगे छोट हुआ रुक जाए चेरी मिल को तो आ जा बेटा आ कौन कौन आ रहा है आ जा तू भी आ जा। आ बेटे, आ जा कौन कौन आ रहा है आ तू भी आ तू भी आ जा जितनों को आना है आ जा वो किस्मत फूटी हो जाने सबकी सबको पिलाएंगे अपन जड़ी बूटी जो जो हमसे करेगा बदतमी सबको देंगे हम अब बना सबको सर्च एंगल पे अब क्या गजब का यार गायब और ये बना यार उसमें किल मैंने एक का वो दिया था चलो अच्छा है रैंक बढ़ने चाहिए रैंक बढ़ने चाहिए रैंक और मैं यार रिक्वेस्ट भेज देता है यार मैंने रिक्वेस्ट भी नहीं भेजता यार में कल क्या करे वो ले रही रिक्वेस्ट भेज के आते हैं अपन या देखो हंड्रेड चल 100 है हंड्रेड बैटल रिकॉर्ड में गए। इसमें जो बंदे थे ना इन्हेंट भेज क्या फ्रेंड आतेवेस्ट भेज दो सबे, है, तो सब है। जिससे अपने खेलने मिल जाएंगे अपने खेलने आ जाएंगे लोग नहीं तो अपन अकेले अकेले अके खेल रहे हैं। कोई है क्या लोग किसी ने एक्सेप्ट किया क्या अंकुर आ गया ये इतना तगड़ा बंदा आ जाओ लगा रहे, जल्दी मैच कर रहे, आज तो रेडी कर दो <दू> फटाफट <सँगा> <सवणागागा> दू दू दू दू दू दू। गया? से मारेंगे ड्रेस की तो बात ही अलग है, मज़ा है। मज़ा आता इसके साथ खेल के तो मजा ही आ जाता है अलग ही इस लेवल का मजा आता है अरे भाई जल्दी मैच बेटा मज़ा आएगा बंदों को पेटने कायर है रे इनकम फूल पता नहीं मुझे फोन सी इनकम दिला रहा है तो ओके तो ओके, ओके, तो, ओके, ओके है ओके ओके मैं बताऊँ ओके ओके करा दूंगा लाइफ टाइम ओके ओके लगा रखा है ओके ओके ओह जाओ गाइस जिस जिसको मोड बनना हो उसका मोड इसका मोड भी आप बन सकते हो रोरा से मारता भाई गजब रैंक को आ आ आ जाओ कहां कहां गई हमारी लास्ट है है अबे ये आ आ ये मिल से जाता में ही तो ए ए डोगी. ए रुक बे बे दूर हो जा अभी अभी जा जरा बैंक लेवल अप करने निपटूंगा तुम सब। इधर है? सबा कहा जो भी हो सी फूड वाला कैकड़ा रेड कैकड़ा आजा आजा आजा, कोई आ गया आ गए आ, आ गया अबे उसने गोल कर दिया बे क्या कर रहा है बे? अरे ये तो साले सब सबको सब लेके चले जाते हैं यार कुछ देते ही नहीं है दोनों के दोनों मार नहीं ला मैं मेहनत मैं करूँ मारू मैं और लेके बोचा इस तरह कौन कौन आया कोना आया मार लड़ाई चल रही है चालू कर बस जाऊ बेटा और निकल लो जहां से तो अब तो बाप लोग आ गए मारेंगे पहुंच गए ये मार रहा है कहाँ हाँ कुछ चला ले बेटा अभी तू कुछ चला ले मैं पकड़ के साले मेरे किल चुरा लेते हो मैंने दिया अभी ये तो गोल कर दो पटापाट खता अब खत्म नहीं बे अभी खत्म नहीं कर रहा है बंदे लो ये देख लो फुल्ली पुल्ली चीटिंग चल रही पुल्ली आ गए जरूर आ गए जरूर अंकुर भाई तो गजब दूरा गजब येर पटाई कर रहा है अंकुर भाई अः कुत्तों कमीन की औलाद मेला ले गए कहता एक चलो आगे बढ़ो आ जा बनाऊ में दो दो आ गए रे चल बड़ों से बदतमीजी करेंगे अबे यहाँ एक चिड़िया है चिड़िया रानी बड़ी सियानी दूर दूर की बावरी भाग गई उड़ गई चिड़िया को कुमार चिड़िया को चिड़िया को कुमार चिड़िया को और आ अब बच के रह बेटा पहले तो हील कर लीजा कहीं ना कहीं से हील के जुगाड़ करके आते हैं पहले हील कर लेते हैं अपन हील इज ही इसमें हील होती है पर बहुत स्लो स्लो होती है एक बॉल में तो सब डेमेज खा जाते जा हैं अबे जल जा तू भी देख बोलेगा ओके वो कर गया ले ले लिया पकड़ पकड़ के लिया। लिए खत्म करो मैंने कौन कौन है भगा पड़ा सालों को गोल करते जाओ अभी तो गोल करते जाओ करो तोड़ दो सब गोल तोड़ दो इनके एक गोल ना बच जाए अरे बजाय हो गई अरे गजब गेम चल रहा है खतरनाक है गेम में बजा रखिए सामने वाली टीम की चार मिनट में, में उनके इतने गोल खाली हो गए तो लेगा यार टॉप तो पे आओगे गाइस जल्दी फटाफट टॉप तो पे आया टॉप तो पे बिना टाइम वेस्ट करे आ जाओ टॉप तो। तो पे आ जाओ गाई ओके okay. आर बेचारे तो चले हैं ऊपर के के कोई मारे नहीं मैं मार मैं मैं मार ही सब है टीम वाले आगे सफाई सफाई कर पीछे की कहा जा ग्यारह ही लेवल हुई है बारह तो होने दो जरा पावर बढ़ेगी पावर 11 हीरे अभी तक तो अभी तो भाई नहीं आया होते तो उनके सब बोल खत्म हो गए तो मैं कह रहा कुछ बचना ही नहीं है जेब डोस आ गया तो खत्म ही है अब तो इनका गेम ही खत्म है सब कट कर रहे हैं अभी बहुत मारा सामने वाली टीम इस बार रो रही है पता है बदतमीजी कर रहा था अब तो जैपूस का आ रहे जैसे वो आए उसे लेके खत्म करो ये तगड़ा ही लगता है पीठ पीछे से देता है जाना चलो चलो अरे ऊपर जेब वो ले लिया उनने टॉप पे तो हो गए जेब जेबडोज ले गया, वो तो हमारी टीम के, में साला वो हो गया जैपोस <laughs> वो, वो ले रहे थे वो वो रोटल ले रहा है छोटे मोटे चीजें जहां अबे भाई हाँ ये चिड़िया रानी बहुत सी यानी साली मार रही है उड़ उड़ के चिड़िया मारूंगा मैं भी इस जीत गए हम तो बहुत हाई लेवल जीत हुई हमारी आपसे से ज्यादा लेवल छोटी मोटी जीत नहीं करी हम लोगों ने उनके तो सब कंकाल हुआ पड़ा है उनका कोई जिंदा ही नहीं बचा बजाबे मैं, मैंने एक भी नहीं मार पाया मैंने मारा था ना एक मजा आएगा अंकुर भाई नहीं गरम मैंने तो मार मेरे चौदह असिस्ट असिस्ट देखो अरे अरे आ गया अंकुर भाई तकड़े हैं भाई अंकुर भाई गजब हो गजब गजाव। आंको भाई भाई भाई गजब कांड कर दिया एक्सपर्ट एक्सपर्ट है तुरंत दबा दे अंकुर भाई कटास बिना समय के मास्टर मस्ट, लेवल लगा के रहेंगे अरे आप किसने ले लिया यार मेरा बो बो था था वो स्पीडर तगड़ा रहता है यहाँ वो मैं ले लूँ वो नीचे वाला अपना बौंदा ग्रेडेंट नहीं और वो क्या है ना थोड़ा सा सातने में टाइम लगाता है सॉरी ही ढकाने में तुदु। और क्या देख इसका बैटरी सेवर मूड ऑन भाई ये थोड़ा कम होगा गो आ जा तो वो डोगी मेरा है बे वो डोगी मेरा है मैं जंगल साफ करके आ रहा तब तक तुम मारो एक। देखें कोई माई कौन करके बात कर रहा है क्या जला दूंगा बेटा तंदूरी बना दूंगा तेरी पुल तंदूरी प्राय बना के फेंक दूंगा तुझे मुझे नहीं मिला बे बे ओबे ओ ब्लैक ब्लैक सांप आ गया, गया मारो बे पोकेमोन मेरे पीछे पड़ेगा भाई बेबी को मार रहे थे छोटे छोटे बेबी को अरे ये की बोल साला इसकी बोल तकड़ी लगती है मुझे अभी ये क्या कर दिया था अभी इस पे कुछ हुआ नहीं आप कहाँ भागेगा भाग गया बाप रे यार रिजेक्ट बटन भी मैंने गलत टाइम पे यूज कर लिया यार ये बाप बाप बाप लो बफ। बफ ले लो बफ। बफ से आएगा मजा मारेंगे जाना बेटे अरे दिन में तारे दिखा रहा है मुझे ले फ्लेम लेता हूं इस बार और फ्लेम तो तकड़ी और जला के राख कर देती है एक बार में और इनकी की आख कहा है ये अरे देखा यार टॉप पे तो आई वो बु ना ले लें ले यार वो कांड हो जाएगा और उनने लेपटोस ले लिया तो गेम हो जाएगा पूरा लेपट ना ले पाए अबे यार उनने ले लिया अभी अभी ये बने ही नहीं है यार अभी तक साला इतनी देर हो गई इसे बनते बनते 19 सेकंड बचे अब मारो यार उसे छोड़ क्यों दिया अ वो भूे को मारो भे का एक्सपर्ट है भाई ये तो भे को मारो रे भे को मार दो नहीं तो ये मार देगा सबे की आ पास खुद पावर रहती है वो खुद की खाने की हेलो दीप भाई हाउ आर यू वेलकम टू स्ट्रीम स्वागत है आपका स्ट्रीम पे अब मेरा ड्रैगन बड़ा कब यार और हार रहा है मतलब इस बार जान मैं ले लिया था होगा बेटा जरूर आ तुझे पता हूँ मैं इस पे तो बोत, बेटे, बेटे पे। पर तो यूनाइट मूवानी पड़ेगी बहुत बहुत आगे आए बैठे बैठे यहाँ पे और ले लिया ले लिया पे क्या कर रहे थे यहाँ ये बंदे मैं गया फिर गया अरे यार वाला मैंने एक भी किल नहीं कर पाया आर अभी तक एक को भी बच के न जाने दिया था ऐसे मारते गिलेरी है साली ये गिलेरी बहुत दिक्कत कर रही है गलेरी मार दो यार और सही है इसने लपेट लिया वो गलेरी गलेहरी ने दिमाग का दही कर दिया था पूरा गेम का मुझे चाहिए कवर मेरे पे अच्छे खासे पॉइंट अबे यार क्या आता यार मेरे पे जब जब पॉइंट रहते हैं तब तब मेरे कांड होता है पूछ अब तो निकल दिमाग खराब हो गया निकलो तुम साइड से सालों पहले जब इधर से इसे लेके चलो पहले तो ऐसे दुकान द पकड़ो इसमें देवशालय में करता ले रही है लपेट लो गिलेरी है उनने ले लिया तो ले लिया यार उन लोगों ने यार तो पचास पचास सौ सौ पड़े यार ये तो कहीं बस गोल का गोल खातम आपका इनका का वो है। अच्छा है। अब पीछे गलेरी आए गैलेरी से निकलोगे तो फर्स्ट हो गई फिर से फर्स्ट हो गए गिर गया यार कहा आजाना आ देते हैं आ आजा हैं आ ओझा जी इसकी आईडी रहती है मेरी ओझा जी यही है ना इसमें प्रेंड कहां से भेजते हैं है भे? ये है फ्रेंड कहा अच्छा मिल गया आदित्य आदित्य क्या है क्या नाम था इसका आदित्य एट्टी एट नहीं मुझे ये नहीं खेलना अबे नहीं मिल रहा है यार आदित्य नहीं मुझे पाइप भी पाइप खेलना ही नहीं है नहीं। फाइव बी फाइव खेलना ही नहीं है जाना इसमें ये रही आईडी, डी फाइव के ये रही एम मेरी आईडी आईडी रुक जा आईडी बता रहा है एक मिनट रुक रुक रुक आईडी आईडी आईडी डी आईडी लिख देता हूँ मैं मेरी आईडी है फाइव ये रही। और सेंड कहाँ से होगा ये रही मेरी आईडी आईडी आई आईडी आ जाओ जिस जिसको आना ये रही एम फाइव क्यू वन एम के ऐसे ही आती है आप ऐसे नाम से सर्च करो नाम से नहीं आ रही पता है आ चप्पल मिली हेलो अमित आर्ट, अमेजिंग आर्ट्स अमेजिंग भाई आपका स्वागत है हमारी स्ट्रीम पे नहीं कनेक्शन है इट्स मी इट्स मे ओके ब्रो फैन फैन ओके थैंक यू सो मच ये सांड की मिला था मुझे आपको आपको खेलना है क्या कहां गए अमेजिंग भाई आपको खेलना हो तो ये मैंने आईडी पेस्ट कर दी है नहीं तो आप अपनी आईडी लिख दो मैं यहां से फ्रेंड में जाओ। में मैं तो आत्मदीप अच्छा ये दीप भाई हैं भाई मैं ये गेम नहीं खेल अच्छा फिर कौन सा खेलते हो भाई आप बीजे खेलते हो बीजीएम बीजे खेलते हो यार यार मैं मैं भी देखता हूं भी से करता हूं, मैं खेलने कोशिश करेंगे रात में। खेलने करेंगे, मैं सिखा देना ठीक है आप आ जाना संडे नाइट 9 पी फिर अपन खेलेंगे ना लेजेंड भाई हो आप यही हो क्या आप आत्मादीप आप ही हो क्या yeah. हो क्या, क्या? लेजेंड भाई मैं रोज अच्छा आई से आ गए मैं रोज़ है ना 9 से 9:30 के बीच में स्टार्ट श्ट, कर देता हूँ मैं 9 से 9:30 पे मतलब आपको मिल जाएगा 9:30 तक तो मेरी आ है नहीं मैं ना देखो डेली का वो है ना डेली रूटीन मेरा है डेली रूटीन है मेरा 9 से 9:30 के बीच में अगर थोड़ा सा इंटरनेट कुछ हो जाता है तो मैं आ जाता हूँ हाँ नाइट को आता हूँ मैं नौ से साढ़े नौ के बीच में तो सैटरडे संडे को मैं आता हूँ कब ऐसे दोपहर में जाता हूँ ये जैसे पोकेमोन मोन वगैरह ये गेम खेलने वैसे नाइट तो मेरा एवरीडे का नाइट फिक्स है एवरी एव... एवरी डे नाइट है ना मेरा यही रहता है एवरी डे नाइट खेलता हूँ मैं 9 पी से उसमें देख लेता हूँ मैं पैसे जाता बीजे में खेलता हूँ क्योंकि मुझे फ्री फायर खेलना आता नहीं आप आ जाओ दो तीन लोग फिर मुझे आप सिखा देना कैसे कैसे खेलते हैं ठीक वो कौन सा है वो फ्री फायर है तो फ्री फायर मैथ दो हो गए ना आजकल उसमें से कौन सा वाला आया तुटी, तुटी, तुटी। तुटी। वो कौन सा दो है ना वो फ्री फायर मैच अच्छा एक ही है मैं सोच रहा हूँ दोनों अलग अलग हो गए वो में मैं क्या क्या साला ने अंतर है कोई जरा एक बार वाला नहीं फ्री फायर खेलू ठीक है मैं फ्री फायर खेल लूँ तो क्या देना आप फ्री फायर खेल लेंगे फ्री फायर आप क्या यूट्यूबर हो ना माइक बंद कर लो ठीक हो जाएगा गेम गेम में तो है माइक माइक ऑफ कर कर लो लो का स्पीकर ऑन सब होगा दोनों जगह नहीं चलता है देख लो शायद हो जाएगा अब आई क्या देखते हैं आ गी, आ गी, आ, गी, आ, गी, आ गी। और लगा आईफोन का सही रहता है यार उसमें तो, तो डिस्कोट जो है डिस्कोट पे बात करेंगे और मारने वाली नहीं है है है तो ये मारती मारती ना अब अब का हो गई बड़ी लड़ाई हो गई तो लड़ाई लड़ाई हो गई बच्चों में एक में ना है। ये मेंड का राधर मेंढका पानी वाले तो, तो मेहनत तो तो कर रहा हूँ यार अमित आठ भाई मैं तो डेली मेहनत करता हूँ मैं डेली स्ट्रीम करता हूँ अब मैं और के करने लग इससे ज़्यादा इसके अलावा कुछ होता हो तो बताओ हम तो हमारे रोज डेली स्ट्रीम कर रहा है ऐसे तो अपना कांड करने का वो दूसरा इरादा है पहले क्या कहते हैं तो मैं रात में खेलता, खेलता रात को बीजे खेलता हूँ और दिन में भी सैटरडे संडे खेल लेता हूँ तो मेरा मेरी आ अब अब देखो भाई, आके आ, नाक रुमाल न लगवा पा तो देखो अरे ऐसे सड़ा नहीं दूरे जा रहा ये क्या तो ये ना सड़ाना भी जरा लोग खाओ पीओ जरा में बजाओ कौन बेटा इधर ही घर बैठा एक तो दुकाई बेटा ही होगा अरे गया वो भाग गया साला अरे ऐसे फेंको जेरी जेरी बासा इधर आना उधर किधर दुखे बैठे बे इनकी बजाओ इतनी जोर से नाक चढ़ाओ सामने वाला सोच ले अब तो खेले नहीं रोक जाए अब यार मुंह मार तो दिया था तो भी बच गए ये मौका ही नहीं दिया यार मुझे उसने पकड़ लिया था पता नहीं मैं रुक के लो रोटम खत्म ना रहेगा रोटम तो कौन करेगा बोल और नीचे बोल होगा पे हो गए देख लो यार एक बार भाई अभी तू मेरा खाना दे रहे सी फूड लड़ाई चल रही है है युद्ध हो रहा है कहां पे काम एक बिचारा नाक बंद करके भाग गया बेचारा अरे यार ये पकड़ लेता है यार बहुत बोटम तो पे आया बोटम पे बहुत मस्ती कर रहा है ये लूड मेरा इंटरनेट आ गया क्या मेरा इंटरनेट आ रहा था जैसा लग रहा है भेजा दिमाग खराब कर रखा है अरे ये रहा ये फिफ्टी फिफ्टी मारो बे है फिफ्टी में लगाओ फिफ्टी पॉइंट पे बस बु तो मारे मर जाने चाहिए साहब के साथ निकल लो रे उस की गए सारे सारे राक्षस आ गए ख़त्म खाते मैं पचास लेकर डरे जल्दी मार दो तो से मेरा कांड हो जाएगा जाएगा मजा जागा मैं सो का गोल मार के हम घटा रहे गया, मुझे याद है पहले आपका चैनल में यार उसके बाद ये सब आपने अरे थैंक यू सो मच मचा मतलब आप पुराने ग्राफ हो हमारे अरे कहाँ जा रहा है तो इसकी यहां भाग गया ऐसा मारो यार अरे छुड़ा लो रे अरे उनने छुड़ा लिया अभी मर गए रे अब तो किनकी भैंसतिया तो मेडल में आ जाओ भैया बचा लो मेडल मैं गोल नहीं कर पा रहा मैं पचास का ले ले घूम रहा हूँ मुझे मैं गोल ही नहीं कर पाता साला मैं पचास का कुंटल से ले ले घूम रहा हूँ बस वो ही नहीं दे रहा यहाँ कोई खबर दे दे तो कुछ कांड हो जा रहा गेम हो जाता है पर आप जाएंगे सारे साथ पचास का करूंगा ना ना बोली थी मैंने ये पचास पूरे पूरे कांड हो जाते हैं 50 पॉइंट ले फिर रात में यार एक भी बार नहीं कर पाया मैं एक भी बार टच तक नहीं अबे मैं पचास तो कर जीत जाता हाँ मैं कर लूंगा फ्री फायर डाउनलोड कर लूंगा भाई अब एक बोभी गिरे गिर गई सी हो गई ना लाख का ऐसा होगा यार मैं डाउनलोड कर लूंगा रात में रात में कर लूंगा वन और मोटर वो तो दो मिनट का डाउनलोड होगा यार स्पीड अच्छी है मेरे उसकी वाई फाई इनके पास है। दिस्वोर है इनके पास। डिस्कोड तो बात करते पे। Join कर लो पे बात करेंगे क्यों ज्वाइन कर लो मेरा वोट किधर मर गया बे सही अला नाइट बोट इस बिस्कुट की लिंक वगैरह सब डाली हुई है मैं तो बताओ भाई जोर से जोशन आती है अच्छा इसके पूरे ही पोखी पोख धीरा धीरे रुक रो ये इस, इस गेम का नाम है पोकमोन यूनाइट एक्सप्लेनेशन नहीं गया आएगी वो बाइट कहा जाएगा। कहां से आएगा एनवाइटर क्या नाम है आदित्य आदित्या आदित्य अठानबे अठहत्तर नहीं मिला रहे एक मैं दे रहा लाइव से उस पर दे रहा हूँ अरे नहीं मिल रहा मैं इस पर दे रहा ये इससे ज्वाइन कर ले मिल ही नहीं रहा यार यहाँ आ जाओ लोग हेलो पता नहीं इस पे तो आई नहीं रही थी लोबी ज्वाइन कर ले लोभी लो इसमें देख नीचे नहीं तुम्हें पटा आ गया हेलो हेलो आवाज आ रही है हेलो आ गई ना आवाज आ गई ना हाँ चलो चलो चलो एक मिनट रुकना हाँ yeah. चलो चलो गए? देखते आप कौन मार्क को उसकी पटाई हो गया अरे आदि भाई जरा बोलो कुछ कम आवाज़ आ रहा है मैंने अब ईयरफोन लगाया तो भी मुझे बहुत कम आवाज़ आ रहा है tudo boa fliper rede ti जैसे पेद तो बचा भाई जला जाके भाई उसे। मेरे आ गए बच के ये दो ही तो ले नहीं और ये दिदर कहीं दिदर कहीं इधर घूम रहा पीछे की तरफ गोल कर दिया कैसे बताना रहा रहा करे जा रहा है मान ही नहीं चलो आ गया ये आ गया आलसी आ गया ये तो आलसी सोने वाला आ गया साला करेंगे अपन तो तो यूनाइट यूनाइट मार मारूंगा ये तो सो जाता है या यार मोटा बंदा तो मेरे हेल्थ नहीं है ऊपर आ गया एक ऊपर आ गया ड्रैगन आ गया बट्टी तोड़ दो ड्रैगन की है ना वो एक वो वाला उसका नाम क्या होता है तो वो आ गया रोटम रोटम ले लो रोटम रोटम ले लो भाइज रोटम ले ले लो रोटुम। रोटुम ले लो रोटम रोटम जल्दी से यार हम हमारा गोल भी गोल करना करना मैं मेरा तो ही नहीं पाया भाई बेस बेस पे पे अरे पहुंचने में कितना टाइम लेता है कहीं रहा है, है ये। कहीं ड्रैगन। कोई जा पाए। सबकी ला से बिछा दो ला से पिकाच मजे कर रहा है पिकाच तेरी फायदा मारे लो बचा लोग लो मुझ कोई नहीं बचेगा आज मुझे बोल करना है दे दे बोल करना है जरा कवर दे भाई। अरे तुमने डाल दिया वेन में। और तेरी का पैसा ले लो भैया मुझे पूरे पूरे। पचास है मेरे पे मुझे बचा लो ये भी, ले लू, ले लू, ले लो लो लो आ आ आ आ आ गया आ गया आ गया आ गया गया सोखा सीधा इसमें तो सोका दिया उसमें ये दे गए और मैं ये ना एमडी पे 12 मारूंगा समझ रहा है मेरी क्लच गिर गई थी यहां दिमाग खराब हो गया क्लच गिर गई थी गाइस टुक्त पहुंचना है जल्दी से लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस डिस्टेंस अच्छा रहता है है है ना लंबी दूरी में देता से बहुत सही लगता फायरबॉल पे यार कोई बारह एक बजे स्टार्ट की थी बता एक्सपर्ट एक्सपर्ट पहुंच गए कितनी होती है इसकी तीन होती है पांच होती है पांच होती है ना सर मिस्टीरियस बाई वेलकम टू स्ट्रीम हेलो हाउ आर यू आप कोई गेम नहीं खेलते क्या आप कभी खेला तो करो यार कुछ आओ मिलो हमारे साथ अभी आप जाए नहीं रहा जरूर आ रहा है गया अरे बेटा बेटा बाहर निकाल तो मारे दोग के मारेगा मुझे दो ही के दो कैंप कर रहा कथे क्यों मैं उनको कोई चौका भी नहीं था फिर कर दिया साल ने को खा घुसे बैठे हुए ये ये पत्थर वाला बहुत दिक्कत करता है यार ये बिल्कुल जस्ट सेकंड रह गया यार एक सेकेंड और वो रोटम ले लेंगे आ जाओ ऊपर ऊपर आ जाओ बैठ ले से, जाने मत दो जाने मत से यार अबे क्या कर रहा हो भाई दो दो के ड्रैगन हो दो जाए के दो ही। आले भाई मेरे ऊपर घूम रहा हो मैं लड़ रहा हूँ जो मजे कर रहा है कैसे मुमकिन है यहाँ अच्छा इनकी लेवल ज्यादा है यार भाई लेविल, लेविल ही या। तो लेवल लेवल लेवल है अपग्रेड करो क्या इधर आसपास कोई ना कोई तो घूम रहा है अरे यहाँ खाने पीने की चीज कहाँ आएगी वे मुझे एनर्जी बूस्ट करना है कैसे होगी बस अब पहले तो इतनी जगह हो जाती थी। आ जाओ आज वापिस आ, आ जाओ उनका डिफेंड है यार सही तक यारे बोले लिया Yeah बोल बोल बोल ज़्यादा कर गुल कर, कर दिया तो है, दो तुम लीड पे आ आ अपन लोग, निकलो निकलो निकलो निकलो, ऊपर ऊपर रहा है, से आ रहा है अबे दुख गया यार कहीं वो ऊपर चला गया ऊपर ये, तो ये क्या था अभी कौन सा चमत्कार बाबा आया ये अरे अरे कपड़े बांधा जरूरा कर गया गया नहीं है यार यार मेरे हो जिस जरूरा को नहीं मार पा रहा यार उस, उसने मुझे मार दिया सबे लपेट लिया उसने यहाँ वो ले ही नहीं पाया यार उसे यार वहीं थे वो सेंट्रल अभी ले गए यार वो ही ले जाएंगे यार और ले लिया उनने यार आ गया अभी वो देख यहाँ वो ड्रैगन वगैरह कहाँ घूम रहा है यार वो दोनों के दोनों है वो दो अलग घूम रहा है में में जब सेंटर में बोला है फिर भी अब मार दो नहीं तो हार जाएंगे अपन कहाँ बुझा गया यहाँ अभी ये फोर्टी वाला ऐसे ही निपटाओ नीचे कहीं घूम रहा है यहीं कहीं तो था वो कहाँ गया कहाँ गया वो दुख आ गया आगे आगे ले लो ले लो इसे ले लो फोर्टी 48 कोइन वाले को ले लो जल्दी से अरे ले लिया सही है जीते के नहीं है